हैं जहां पे आप वोटिंग शुरू हो गई है धीरे धीरे लोगों, गया लोगों गया का हुजूम बढ़ता जा रहा है मतदाता कोलिंग पुत्र आ रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं इस हूँ जहां पर वोटिंग बहुत ही तेजी के साथ पड़ रहा है आप लोग